हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी रोबर और आज की वीडियो हमारी एक जनरल अवेयरनेस पर बन रही है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक छोटी सी वीडियो देख लें उसके बाद बाकी की बातें हम इस वीडियो के बात करेंगे क्या भाई भाई आपको हाँ भाई बोल ये पावर बैंक लेने बेचने आप क्या ये कौन से कौन से कंपनी के रखे हुए सैमसंग एम आई और बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड है सारा अच्छा। कंपनी का माल है बिल्कुल अच्छा तो बताओ आप ये सैमसंग का है हाँ। ये सोलह हजार का है एमएच हाँ। एच का हाँ। और ये 20,000 एमएच का है। क्या रेट कितना है इनका रेट बिल्कुल भैया सस्ते में पड़ेगा आपको शोरूम से भी सस्ता पड़ेगा आपको अच्छा ये एमआई का है, छह सौ का है आ. और ये ये भैया आपको पड़ेगा आपको ये है 16,000 का अच्छा तो so, 16,000 का ये आपको 400 में पड़ जाएगा। अच्छा और भी हैं क्या और भी है बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी का भैया आप बताओ रुपया भी गाड़ी साइड लगाता तो एक बताओ देखो उधर आइये यहाँ पे आ जाए दिखा दे। आ बता। लो दे। e. का का का। का है। है। है? है अच्छा। Samsung का है। ये ये ये ये कितने का है? ये है आपका भैया कितने का छह सौ का है ना? हाँ, ये छह 600 image. का है ये 600 का है? 600 है? हाँ ठीक और? और ये ज्यादा बढ़िया वाला है भैया Samsung। ये बत्तीस हजार आठ सौ का है ये आपको पड़ेगा आ, ये पड़ेगा कंपनी का है तो ये आपको सात सौ का पड़ जाएगा सात सौ का हाँ यार ये तू इतना सस्ते क्यों लगा रहा है अरे भैया लॉकडाउन का टाइम चल रहा है आपको इससे सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा अच्छा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है है ये कंपनी का ही हाँ। पर ये एक्चुअली ये हो जाता है कि शॉपिंग मॉल में इस वजह से महंगा मिलता है क्यूँकी वहाँ सर्विस टैक्स और जी एस लग के महंगा पड़ जाता है ये हमें कंपनी ऐसी डायरेक्ट मिलता है ताकि हम ये घर घर जाके अच्छा सस्ते में प्रोवाइड कराए ठीक है इस वजह से बाकी और बताओ कौन कौन सी कंपनी का है और भी है है और ये तो भैया बहुत बढ़िया ब्रांड है ये कौन सा है भैया ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा बत, का? आ, सबसे बढ़िया कंपनी है पावर बैंक में अच्छा। ठीक ठीक ठीक। यार फिर भी यार इतना तू सस्ता लगा रहा है ये कम से कम अगर मार्केट में लेंगे हम शोरूम से तो ये हमें लगभग पड़ जाएगा तीन चार का तो पड़ता है और तू इतने सस्ते क्यूँ लगा रहा है अरे भैया लॉकडाउन का टाइम चल रहा है लॉकडाउन की वजह से हो रखा है कंपनी का घाटा चल रहा है इस वजह से उन्होंने थोड़ा सस्ते सस्ते में निकालना शुरू कर दिया है तो फिर भी क्या बिल बिल भी देगा बिल भी बिल कहाँ से मिलेगा भैया बिल बिल तो नहीं है अरे बढ़िया भरोसा रखो मेरे पे मैं यही रहता हूँ यहीं पास में नहीं अगर मैं बाइक खराब हो गया कुछ हो गया कहाँ मिलेगा तो मिलेगा गौर नहीं किया होगा पर मैंने आपको देखा यहीं से जाते हुए अच्छा नहीं नहीं मेरा तो घर है यहाँ पे इसलिए तो था एक तो चाहिए तो था मुझे हाँ तो भैया बताओ आपको कौन सा चाहिए इतनी बढ़िया है, है। कितना? बीस हजार कितना? हाँ कितनी बार मोबाइल चार्ज कर देगा ये भैया बीस हजार है तो दो बार तो आराम ऐसी कर देगा दो तीन बार अच्छा हाँ ठीक है पक्का ना देख भैया जैसे आपका मोबाइल होगा कोई सोलह सौ एम एच का होगा तो ये आराम से कर देगा बहुत टाइम बाद चार्ज कर देगा ये और आपको सफर में और, और कौन से हो है? हो है? और कौन कौन से एमआई है एम है एमब्रेन हाँ। है और भी है मेरे पे अच्छा और है है तो ब्रांडेड कंपनी भैयान तो कंट्री की है, है अच्छा हाँ ये कौन सी है ये भी ये किसका है इसका तो कुछ है ही नहीं ब्रिंट अरे भैया आते हैं ना ये थोड़े बहुत रगड़ बगड़ जाते हैं सोलह हजार का है, है? है। नीन सौ हाँ? में लगा दूंगा। सही में? और क्या सब ठीक है छोड़ ये ये वाले दिखा दे आप जो आई का था आपको पड़ेगा बहुत सही पड़ेगा भैया एम आई का दो फिर गारंटी लेता हूँ भैया मैं इसकी मैं यहीं पे मिलूंगा आपको मैं यहीं पे यहीं पे आता हूँ मैं रोज सुबह के टाइम पे ना, नाम नाम क्या जरा मेरा नाम है आकाश आकाश है हाँ भैया रहता कहाँ इधर ही है यहीं रहता हूँ पास में है मेरा घर अच्छा रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा पास में शॉप शॉप कहाँ है तेरी शॉप मेरी दूर है भैया घंटा घर दूर है थोड़ा अच्छा कहाँ पे घंटा पे कहाँ घंटा पे कैपरी के पास अच्छा कैपरी ट्रेड है कैपरी में यही पे तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं वहीं आके चेंज करा लूंगा भैया वहीं आओ आप मेरे को मिल जाना। अच्छा ठीक। भरोसा रखो ठीक है ठीक कितना कितना इसका बताया? इसका बताया? भैया 500 है ये का था आपको ठीक है भाई चल ठीक है बताओ भैया यही देते यही वाला ठीक है ठीक है तुम चेक करके बताऊंगा भाई कुछ हुआ ना भाई साहब यही पकड़ूंगा तुझे अरे भैया जवान की भी तो कोई गारंटी होती है <laughs> चल ठीक है मेरे भाई। जा ये गिल्ली कितने ठीक है भैया ठीक है पाँच है ठीक है भाई ठीक है भैया चल ठीक है, है मेरे ओ, मैं आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना ठीक है ठीक है भैया थैंक यू भैया बहुत बहुत शुक्रिया है है भैया ओके भाई और जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हम लोग कैसे मार्केट में जाते हैं और बिना सोचे समझे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स हम लोग खरीद लेते हैं बट हम भी ये लोग हम लोग ये नहीं सोचते कि बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेज हम हमारे साथ क्या हो सकते हैं उस से हम लोग अवेयर नहीं होते और मार्केट में जाते हैं तो हम कुछ भी कैसे भी खरीद लेते हैं लैक ऑफ नॉलेज बोलो या फिर जो उनकी सेल्समैन की जो स्किल होती है हम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कि जैसे पावर बैंक खरीदा एक छोटा सा गैजेट हमने पावर बैंक खरीदा बट पावर बैंक भी आप लोगों को पता नहीं होगा कि पावर बैंक मार्केट में कैसे कैसे आ रहे हैं किस टाइप के आ रहे हैं फेक आ रहे हैं कि रियल है जेन्यून उसकी नॉलेज आम पब्लिक को होती नहीं है बस सस्ते के चक्कर में आके और वो जो सेल्स है उनके बहकावे में आके हम लोग खरीद एक इंसिडेंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो मेरे खुद के साथ हुई थी और एक बार मैं ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया था तो दिल्ली में जब मैं वापसी आ रहा था अपने होम टाउन के लिए तो मेरी फ्लाइट थी तो एयरपोर्ट पे जब मैंने अपना रजिस्टर बैगेज जो मैं अपने साथ कैरी कर रहा था वो मैंने डिपॉजिट कर दिया था एयरलाइन के एयरलाइन के पास तो जब मैं डिपार्चर के लिए अपने बोर्डिंग के लिए जा रहा था तो मुझे कॉल आती है कि आपका बैग लेवल फोर में है तो आप जल्दी से जाइए और अपना बैग क्लियर करके ले आइए और लेवल फोर आप पूछ रहे सोच रहे होंगे कि लेवल फोर क्या होता है तो एयरपोर्ट में क्या होता है सिक्योरिटी के अलग अलग लेवल होते हैं जो आप बैग डिपोज़िट करते हैं उसके अलग अलग लेवल होते हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री नॉर्मल होता है अगर आपका बैग क्लियर है कुछ नहीं है सस्पेक्टेड नहीं है सेफ है तो वो डायरेक्ट आपका फ्लाइट पर चढ़ जाता है बट अगर आपका बैग में कुछ ऐसा आर्टिकल है कुछ डेंजरस थिंग्स हैं और प्रोविटेड आर्टिकल्स हैं तो वो आपको आपका बैग लेवल फोर तक चला जाता है लेवल फोर में क्या होता है आपको सिक्योरिटी वाले बुलाते हैं और आपका पैसेंजर को बुलाते हैं मतलब जिसका वो बिलोंग होता है बिलोंगिंग्स होता है तो जिसका भी बैग होता है पैसेंजर का तो उसे बुलाया जाता है लेवल फोर पर तो सिक्योरिटी वाले बैग खुलवा के चेक करते हैं कि बैग में क्या कैरी हो रहा है तो मेरे को लेवल फोर पर बुलाया गया मैं गया तो सिक्योरिटी वाले पूछते हैं कि आपके बैग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या क्या हैं मैंने कहा मेरे कुछ है नहीं इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है चार्जर था और एक पावर बैंक था जो कि मैंने लास्ट इवनिंग में ही जर्नी से लास्ट इवनिंग पहले ही मतलब मैंने ख़रीदा था कनेक्ट प्लेस से कनेक्ट प्लेस में मैंने ऐसी जैसे आपने वीडियो देखी होगी कि मैंने आ, किसी से भी ऐसी अनजाने में ही खरीद लिया था बिना सोचे समझे और आगे क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता था तो सिक्योरिटी वाला पूछता है मुझसे कि कहाँ से, से ख़रीदा कैसे खरीदा किसने दिया मैंने कहा मैंने कल शाम को ही खरीदा है और आ, ऐसी किसी सेल्समैन से ख़रीद लिया था रोड पे तो पूछता है कि आपसे कैरी नहीं कर सकते ये uh, प्रोविडेड है मैंने कहा ऐसा प्रोविडेड तो कुछ है नहीं कि पावर बैंक लोग कैरी नहीं करते और पावर बैंक के साथ ट्रैवल नहीं करते करते हैं पावर बैंक ऐसा कुछ है नहीं आप हैंड कैरी में उसे कैरी कर सकते हैं बट मेरी गलती से रजिस्टर बैगेज में चला गया था जो मैंने चेकिंग करा दिया इसलिए लेवल फोर में फंस गया बट वहाँ सिक्योरिटी वाले बोलते हैं आप इस पावर बैंक को नहीं ले जा सकते ये हाँ यही डिस्पोज इसे हमें करना होगा मैंने कहा ठीक है कर दीजिए बट मुझे रीज़न बताइए वैलड रीज़न कि क्यों इसे आप डिस्पोज कर रहे हैं इसमें ऐसा है क्या सिंपल पावर बैंक तो है नहीं ये पावर बैंक नहीं है ये डमी है समझ नहीं आया पहले कि आप ये डमी है क्या है डमी क्या होता है मुझे नहीं पता उन्होंने कहा आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए फेक है आपने जहाँ से भी खरीदा ये फेक है मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें उन्होंने तो मुझे फिर खोल के दिखाया जो भी आज भी अभी भी मेरे पास है ये जो ये एम आई का आप जो देख रहे हैं ये वो पावर बैंक था जिसके वजह से मुझे वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और मेरी फ्लाइट लगभग मिस हो चुकी थी बट वो सिक्योरिटी वाले ने थोड़ा कोऑपरेट किया मुझे जल्दी छोड़ दिया और मैंने अपनी फ्लाइट टाइम पे पकड़ ली थी तो बाद में मुझे उन्होंने जब मेरे को दिखाया इसे खोल के मैं अभी थोड़ा आगे वीडियो में इसे जितने भी मेरे पास हैं इंक्लूडिंग दिस वन मैं खोल के दिखाऊंगा कि मेरे को क्या दिखा इसमें क्या देखने को मिला था जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तभी आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो सोलो ट्रिप कर रहे हो या फिर इन्हें ग्रुप कभी ट्रैवल कर रहे हो जर्नी के टाइम कभी ऐसे प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए आज की ये वीडियो मैंने इस्पेली आप लोगों के लिए बनाई है ये एक इन्फॉर्मेशन है अगर आपको ये वीडियो लाइक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे बढ़ते हैं फिर तो दोस्तों मैंने कुछ सैंपल और कुछ ये डमी पावर बैंक आपके लिए ढूंढ ढूंढ़ के रखे हुए हैं और चलो मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग अनजाने में ये फेक चीजें खरीद लेते हैं मार्केट से पहले मैं वो वाला दिखाऊंगा जिससे मुझे दिक्कत हुई थी मैं जिससे मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी डेली एयरपोर्ट पर वो ये वाला था एम का जो आप देख सकते हैं तो बिल्कुल फेक है तो पहले मैं इसे इस खोल के दिखाऊंगा और आप भी देखो कि कैसे हमने प्रॉब्लम फेस की थी देखना एक बार ये देखिए ये देखिए कैसे कैसे इन्होंने बनाया हुआ था फेक और वेट भी आप जैसे नॉर्मल पावर बैंक होते हैं जो जेन्युन होते हैं उन्हीं के बराबर ही इसका वेट होगा आपको लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल है ये देखो ये बैटरी है ये फेक है लोकल क्वालिटी की है ये स्विच मैकेनिज्म बिल्कुल बनाया हुआ ये देखिए क्ले चिकनी मिट्टी ये देख रहे हैं आप ये देखिए कैसे हमें वीफो बनाते हैं और सस्ते में हमें भेज देते हैं और हम लोग खरीद भी लेते हैं बट हमें नहीं पता होता आगे हमें हमारे क्या होगा इन चीज़ों से इनको यूज़ करके क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है देख ये देखिए ये था वो जिससे मुझे आ, मुझे फेस करना पड़ा था प्रॉब्लम दिल्ली पे और दिखाता हूँ मैं ये देखिए सब फेक है ये देखो ये भी चिकनी मिट्टी से बना हुआ है पूरा नॉबल पता नहीं कौन सी बैटरी है कौन सी कंपनी की है पता नहीं ये देखो ये देखो कैसे बनाया हुआ है ये देखो टोटली फेक टोटली फेक ये चिकनी मिट्टी का यूज कर रखा है ये, टोटली फेक totally देख लो आप ये देखो, दो ऐसी हैं, देख रहे हो आप, इसे दिखाता हूं ये देखो ये देखिए कैसे बनाया जाता है, है ये देखिए ये देखिए ये कोई पावर बैंक की बैटरी नहीं है ये नॉर्मली लोकल क्वालिटी की जो बैटरीज लगा रखी हैं, पावर बैंक में ऐसी बैटरियां नहीं होती हैं, पावर बैंक में अलग ही दो टाइप की बैटरीज होती है जो लिथियम आयन की होती है एक और दूसरी होती है लिथियम पॉलीमर की बट ऐसा ही कुछ नहीं है ये फेक है बिल्कुल ही फेक ये देख देखो देख कैसे हम लोगों को बेफू बनाते हैं आप भी देख के हैरान हो जाएंगे ये, ये तो स्पेशल ही है ये बिल्कुल ही खास है देखिए इसमें कैसा है दुण दुण दुण। ये देखिए कैसे हैं? कभी को ये देखिए इसमें देखिए <finds> यह है इसकी बैटरी ये बैटरी देखिए इसकी और ये जो आप देख रहे हो इसके साथ लगा हुआ ये देखो ये मेटल है ये लोहे का टुकड़ा लगा रखा है ये एक लोहे का टुकड़ा है ये मेटल है ये बैटरी हो गई ये आपका लोहे का टुकड़ा ये आयरन का टुकड़ा लगा रखा है इसलिए कि पावर बैंक लगे वेट में इसका जो वेट है नॉर्मल पावर बैंक की तरह कैसे ये आप लोहे का टुकड़ा देख सकते हो ये फेक है ये है डमी देख रहे हैं आप ये देखिए ये देखिए ये, ये, ये, ये देखो ये बैटरी हो गई कौन सी बैटरी है बतानी मैकेनिज्म दे दिया है और वेट बनाने के लिए लगे थी लगे कि ये जेन्यून है ये देखिए इसमें भी लोहे के टुकड़े लगा रखे हैं ये देखिए ये कुछ नहीं है खाली कुछ नहीं है फेक है ये है। ये सब देखो ये चीजें फेक टोटली फेक देख रहे हो आप दोस्तों इन चीजों में हमेशा ध्यान रखें देखो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि कैसे हमने ये अलग अलग जो हमारे पास डमी थे पावर बैंक के और हमने खोल के आप लोगों को दिखाया कि कैसे इसमें फेक चीजें लगाई जाती है मैकेनिज्म जो घर में बैठे या जो चोर बाजार से कोई कहीं से कोई कहीं से खुद ही बना के और आम जो पब्लिक होती है उनको बेवकूफ बना के हम वो बेच देते हैं इनका जो मैकेनिज्म होता है इनका जो मैकेनिज्म होता है वो अननोन होता है मतलब आप चार्ज करोगे कभी फट भी सकता है आग लग सकती है आपको इंजरी दे सकती है सीरियस इंजरी हो सकती है तो इन चीज़ों से बचें और ध्यान रहे कि आप जब भी खरीदें ये चीज़ें कोई जनून डीलर होते हैं आप जहां भी जाते हैं जनून डीलर के पास ही जाए बस मैं यही कहूँगा प्रॉपर बिल लें और प्रॉपर समझदारी से आप लोग हमेशा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली ख़रीदें खुद भी सेफ रहें दूसरों को भी सेफ़ रखें मेरा यही मैसेज है सेफ आप सेफ़ रहें तो इन चीज़ों में कभी ना फंसें कभी सस्ते के चक्कर में ना आएं जब भी लें जनून लें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और कभी जर्नी में आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं तो कहीं आपको इन चीज़ों की वजह से कहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम में फेस ना करनी पड़े इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मैं आप लास्ट में यही बोलूँगा अलर्ट रहें और सेफ रहें थैंक यू